हेलो दोस्तों नमस्कार देवजीत भारत की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों पिछला वीडियो में हमने जाना था मोबीटेक क्या है मोबीटेक का सर्विस क्या है मोबीटेक का मिशन विजन क्या है और मोबीटेक का बेनिफिट्स क्या है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे मोबीटी का गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जी हां दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो किसी का भी लाइफ को चेंज कर सकता है ये डिजिटल अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बड़ी शपने देखते हैं जो बड़ा करियर बनाना चाहते हैं जो अपना कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों जो बड़ा इनकम करना चाहते हैं बट उनके पास कोई रास्ता नहीं है दोस्तों ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों के लिए मोबीटेक पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों मोबीटेक पे पूरे भारत के लिए एक गोल्डन प्लेटफॉर्म है दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या में से दो बड़ी समस्या है पहला महंगाई दूसरा बेरोजगारी तो दोस्तों दोनों ही बड़ी समस्या का समाधान है मोबीट पे दोस्तों मोबीटेक पे के माध्यम से करोड़ों रोजगार मिलेगा सिर्फ इतना ही दोस्तों इस भारत के करोड़ों स्मार्टफोन यूजर इंस्टेंट रेगुलर लाइफ टाइम के लिए बड़ा इनकम कर सकते हैं एक्टिव पासिव और रॉयल्टी इनकम कर सकते हैं सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों मोबीटेक पे ऐप से आप पैसे कमाने की आज़ादी समय की आज़ादी पारिवारिक सुरक्षा हासिल कर सकते हैं सिर्फ इतना ही दोस्तों यहाँ से आप नाम पहचान और सम्मान हासिल कर सकते हैं लोगों की मदद कर सकते हैं अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं ये कैसे पॉसिबल है ये कैसे हो सकता है क्या ये हो सकता है जी हाँ दोस्तों ये हंड्रेड परसेंट हो सकता है ये पॉसिबल है और दोस्तों ये पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ मोबीट का गोल्डन बिजनेस अपॉचुनिटी की वजह से दोस्तों इस डिजिटल ऐप को यूज करके हम बहुत सारा इनकम कर सकते हैं दोस्तों मोबी टेक पेमेंट ऐप से हर रिचार्ज और यूटिलिटी सर्विस पर आप ले सकते हैं लाइफ टाइम कैशबैक और ये कैशबैक कुछ इस प्रकार से होता है मोबाइल रिचार्ज पर थ्री परसेंट डी टी रिचार्ज पर थ्री परसेंट तक टेक पर दो परसेंट तक बस बुकिंग पर दस परसेंट तक सैलर प्रोडक्ट आप पे पच्चीस परसेंट तक सर्विस आप पे बीस परसेंट तक होटल बुक पर दस परसेंट तक तो दोस्तों इस प्रकार से हर सर्विस को यूज करने पर आप ले सकते हैं कैशबैक इनकम दोस्तों मोबी का प्राइम मेबर बन आप मात्र ग्यारह सौ सौ खर्च करके आप अपनी सफलता की यात्रा का शुरुआत कर सकते हैं और मोबीटेक से एक बहुत बड़ी अर्निंग ले सकते हैं जी हाँ दोस्तों मोबी में प्राइम यूज़र बनने के बाद आप कई तरह से इनकम ले सकते हैं डायरेक्ट रेफरल इनकम लेवल इनकम सर्विस पास इनकम रैंक रिवार्ड रॉयल्टी ग्लोबल ऑटोपोल इनकम दोस्तों टीम बनाकर पच्चीस लेवल का रेफरल इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं और ये इनकम कुछ इस प्रकार से है डायरेक्ट रेफरल इनकम है ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी कि दो सौ पचास रुपया लेवल दो से पांच तक के चार परसेंट यानी कि चालीस रुपया लेबल छ से दस तक एक परसेंट यानी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट रुपया इस प्रकार से ले सकते है नेक्स्ट इनकम आप हैं। दोस्तों सर्विस परचेज इनकम प्लान ये कुछ इस प्रकार से है आपका मोबाइल रिचार्ज गैस बुकिंग एल प्रीमियम ए या ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं वहां से आपको पच्चीस लेवल का इनकम आने वाला है दोस्तों और ये इनकम कुछ इस प्रकार से होने वाला है दोस्तों ये इनकम एक दिन का दस रुपया से लेकर आपका अनलिमिटेड इनकम होने वाला है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इनकम है और आप अंदाजा लगा सकते हैं पच्चीस लेवल के इनकम कितना बड़ा इनकम होने वाला है दोस्तों नेक्स्ट इनकम है दोस्तों रैंक्स रिवॉर्ड्स एंड रोयल्टी ये कुछ इस प्रकार से है कुल आठ रैंक है कंपनी में आठ रेंक पे आपको 1.5 करोड़ के रिवॉर्ड मिलती है रॉयल्टी की बात करें तो एक परसेंट से लेकर पंद्रह परसेंट तक की रॉयल्टी इनकम होती है और दोस्तों ये इनका बहुत बड़ी इनकम होने वाली है आपको एक दिन का एक रुपया से लेकर आप एक दिन का लाखों रुपये से प्लस यहाँ से आप इनकम कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए किसी प्रकार की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है आप कोई भी रेंक आप कभी भी अचीव कर सकते हैं दोस्तों कोई भी रैंक को आप कभी भी अचीव कर सकते हैं और रिवॉर्ड आप ले सकते हैं रिवॉर्ड कुछ इस प्रकार से हैं ब्रोंज सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम डायमंड रॉयल स्टार क्राउन स्टार क्राउन एम्बेसडर इन रैंक में टोटल आप वन पॉइंट फाइव करोड़ का आप यहां से रिवॉर्ड इनकम ले सकते हैं दोस्तों मोबी पे बिजनेस प्लान की खूबसूरती ये है किस में आप रेंक वन से रॉयल्टी लेना स्टार्ट करते हैं जी हाँ दोस्तों रैंक वन से रॉयल्टी लेना स्टार्ट करते हैं और हर प्रोमोशन पे आपके रॉयल्टी एड होते जाती है और ये रॉयल्टी वन परसेंट से लेकर पंद्रह परसेंट तक होती है और दोस्तों ये इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है एक रुपया से लाखों रुपया रोजाना तक जा सकता है इसी के साथ दोस्तों कंपनी डेथ रिश्क ओवर प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प के लिए 50,000 से 10 लाख तक प्रोवाइड करी है टेक पे ज़िंदगी ज़िंदगी के के साथ भी, भी, बाद दोस्तों इससे हम अपने परिवार को पारिवारिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं इसी के साथ कंपनी और एक शानदार इनकम करने का मौका दे रही है दोस्तों, जिसका नाम है ग्लोबल ऑटोबल क्लब और इस क्लब में टोटल दस करोड़ इनकम करने का ऑप्शन है दोस्तों पहला क्लब है ब्रॉन्ज क्लब यहाँ से पैंतालीस सौ इनकम करने का मौका मिलता है दूसरा क्लब है सिल्वर क्लब यहाँ से पैंतालीस हज़ार इनकम करने का मौका मिलता है और यहाँ पे हर क्लब में तीन स्लेब हैं तो पहला स्लेब पाँच हज़ार का दूसरा दस हज़ार का तीसरा तीस हज़ार का इस प्रकार से यहाँ पर पैंतालीस इनकम ले सकते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट है वह गोल्ड क्लब गोल्ड क्लब का इनकम यह है कि यहाँ भी आपको चार लाख पचास हज़ार इनकम लेने को मौका मिलता है दो इसलिए कुछ इस प्रकार से पहला है पचास हजार दूसरा है एक लाख तीसरा है तीन लाख का टोटल चार लाख पचास हजार का इनकम यहाँ से ले सकते हैं तो नेक्स्ट है दोस्तों प्लैटिनम क्लब की प्लैटिनम ग्लोबल ऑटोपोल क्लब से यहाँ पे पैंतालीस लाख का इनकम ले सकते हैं और दोस्तों ये इस प्रकार से है पहला स्लेव में पाँच लाख दूसरा में दस लाख और तीसरा में तीस लाख इस प्रकार से टोटल पैंतालीस लाख का इनकम यहाँ से ले सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों डायमंड क्लब डायमंड क्लब में टोटल नाइन पॉइंट फाइव करोड़ इनकम करने का मौका मिलता है तो दोस्तों यहां पे पहले पचास लाख की दूसरा एक करोड़ की और तीसरा आठ करोड़ टोटल नाइन करोड़ का इनकम लेने का मौका मिलता है तो दोस्तों इस प्रकार से ग्लोबल ऑटोकॉल क्लब से एक बहुत बड़ी इनकम करने का मौका मिल रहा है यहाँ से आप अपने सारे गोल सारे लक्ष्य पूरा कर सकते हैं दोस्तों वो भी अपने स्मार्टफोन से अब भी मोबीटेक का डिजिटल पार्टनर बने और अपने सफलता की यात्रा की शुरुआत करें दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को जरूर दबाएँ तब तो तक लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत